सिगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई बताया जा रहा है मृतक रिश्ते में जीजा साले लगते थे पुलिस ने सूचना मिलने पर मृतकों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया घटना बरगवा थाना क्षेत्र के कनेई गांव की है जहां दो युवक बाइक में सवार होकर जा रहे थे तभी दोनों बाइक सवार युवकों के ऊपर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई जिससे उनकी मौत हो गयी बताया जा रहा है कि मृतक बलवंत कुमार और रामप्रकाश प्रकाश का चित्रंगी के रहने वाले थे और दोनों रिश्ते में जीजा साले थे बरगवा थाना प्रभारी आरपी सिंह को जैसे ही सूचना मिली वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया आपको बता दें आकाशीय बिजली गिरने से इस क्षेत्र में मवेशियों के साथ बड़ी संख्या में जनहानि होती आई है